हेलो दोस्तों हमारे वेत टेक वेत टेक यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे कि आप एडोप फोटोस आप सेवन पॉइंट जीरो कैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला हुआ है वहां से जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको सीधा डायरेक्ट डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं उसके बाद डाउनलोड फोल्डर में आ जाएंगे आप देखेंगे कि डाउनलोड फोल्डर में एक इस प्रकार से जीप फाइल बना हुआ मिल जाएगा उसके बाद क्या करना है इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है इस तरह से जैसे ही एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इस प्रकार से एक फोल्डर बन के आ जाएगा उसे ओपन कर लेना है उसके ओपन करेंगे तो आप देखेंगे एक सेटअप फाइल है और इस यहाँ पर एक सीरियल नंबर भी है तो यहाँ सीरियल नंबर को ओपन कर लेना है उसके बाद इसको साइड में रख देना है उसके बाद देखेंगे कि सेटअप फाइल दे हुआ ये वाला उसके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है जैसे ही करेंगे तो पॉपअप खुलेगा तो उससे यस कर देना है उसके बाद आप देखेंगे कि इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा देखिए इस प्रकार से और सिंपल नेक्स्ट कर देना है जो भी आएगा तो उससे ओके कर देना है अब उसके बाद देखेंगे कि येस तो हम नेक्स्ट कर देना है एक्सेप्ट कर देना है अब यहाँ पर आप बिजनेस कर रहे हैं कि इंडिविजुअल आप पर्सनल कर रहे हैं तो हम यहाँ पर पर्सनल कर रहे हैं तो यहाँ इंडिविजुअल कर देंगे यहाँ पर आप जो भी अपना नाम या जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं मैं अपने टाइटल में वन वेद टेक लिख रहा हूं, ठीक है कंपनी में YouTube यूटूब में यूट्यूबर हूं तो YouTube लिख रहा हूं। और यहां पर जो मैंने सीरियल नंबर खोल के रखा था इसे एक एक करके ये सारे सारे खाने में जे वो कहते हो टाइप कर देना है या फिर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं ठीक है इस तरीके से जे वो कहते हैं इसे कॉपी करना है जस्ट इसी प्रकार से और एक बार मिलान कर लेना है जैसे ही टाइप कर लेंगे तो आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे उसके बाद एक और खुल के आ जाएगा तो यस कर देना है यहाँ पे। सही है कि नहीं पूछ रहा है तो यस कर देना है और नेक्स्ट यहाँ पर आप लोकेशन पूछ रहे हैं कहाँ पर है तो यहाँ प्रॉज से अपना हिसाब से कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट कर देना है डिफ़ॉल्ट करके और यहाँ पर सीधा नेक्स्ट कर देना है और फिर नेक्स्ट कर देना है फिर नेक्स्ट कर देना है फिर देखेंगे ये डब फोटोसॉप सेवन पॉइंट चालू हो गया है प्रोफेशनली मेज एडिटिंग स्टैंडर्ड कर इस प्रकार से 16 परसेंट हो गया सत्रह हो गया अब देखेंगे बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा और इसे जो ये सीरियल नंबर है उसे क्लोज कर देना है उसका काम हो अपना हो गया देखिए कितना जल्दी अब थ्री हो गया ये देखिए 100% पूरा कंप्लीट हो गया अब ये क्या बोल रहा है डिस्प्ले रीडमी यानी कि आपका वो देखा मतलब एक मैनुअल शो हुआ होगा अगर इसमें यास करेंगे तो या फिनिश कर सकते हैं इसे अन चेक कर सकते ये मैनुअल दिखा रहे हैं कैसे काम करना है कैसे इसको इंस्टॉल कर मतलब रजिस्टर करना है हमने तो मतलब रजिस्टर कर चुका है ठीक है ये मेनुअल है उसका पूरा आप पढ़ सकते हैं चाहो तो इसे क्लोज कर देना है या ओके कर देना है जैसे ही ओके करेंगे तो सब बंद हो गया अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये देखिए यहाँ इस्टॉल हो चुके हैं अब यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं जैसे ये ओपन करेंगे तो इस प्रकार से आपको खुल कर आ जाएगा जो भी पापॉ पाएगा उसे ओके कर देना है ये देखिए आई वॉन्ट बोल रहा है तो ये करने की ज़रूरत नहीं है डो नॉट डिस्प्ले दिस डायलाग बॉक्स अगेन करके ओके क्लोज कर देना है यहाँ पर वो कॉन्फ्यूगेशन पूछ रहा है तो यहाँ पर वो कर देना है यहाँ कैंसिल कर सकते हैं इसको अब यहाँ से आप ये आपका सॉप्टवेयर रेडी हो गया है आप यहां से ब्राउज करके आप फोटो एडिट कर सकते हैं ये जानकारी आपको कैसी लगी अच्छा लगे तो लाइक करें अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करें और आप किस टॉपिक पर वीडियो बन देखना चाहेंगे कमेंट करें हम उस टॉपिक पर जल्दी ही वीडियो लाएंगे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे ही और नॉलेजेबल एंड ट्रस्टेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही बेलाइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए